स्वागत है आप सभी का जी इंडिया में मैं धर्मेंद्र भारद्वाज आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पूर्व बहुमत मिलने पर कुशीनगर जिले में मिठाई बांटने व जश्न मनाने पर मुस्लिम युवक बाबर अली की उसी के समुदाय के पड़ोसी ने जमकर पिटाई की जिसके बाद लखनऊ में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई बाबर की उम्र पच्चीस साल थी पुलिस के हत्या के दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है वहीं बाबर की हत्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है दो गिरफ्तार बाकियों की तलाश जारी है इस मामले में पुलिस को प्राथमिक दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश की जा रही है जानकारी के मुताबिक बाबर को उसी के पड़ोसियों ने बीस मार्च को राम थाना क्षेत्र कटघरी गांव में बीजेपी की जीत जश्न मनाने व पार्टी के चुनावी अभियान में भाग लेने के लिए पीटा था इसके बाद लखनऊ में इलाज के दौरान बाबर की मौत हो जाती है और रविवार को जब सौ गांव पहुंचता है तो परिजनों की अंतिम संस्कार करने से मना करते हैं और आरोपियों की गिरफ्तार की मांग करते हैं मैं धर्मेंद्र भारद्वाज उत्तर प्रदेश मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट जी इंडिया से हमारा भाई बहुत दौड़ अपने मौत के लिए भी मांगा हो एस पी कार्यालय में गया कोई सुनवाई नहीं हुआ है और न ही कोई इसको बचाया चौबीस में बक्सा नहीं जाएगा के पकड़वाएंगे